अगर अच्छा हूँ फिर मुझे अच्छाई क्यों नहीं मिलती मैं अगर अच्छा हूँ फिर मुझे अच्छाई क्यों नहीं मिलती ढूंढता हूँ दर बदर क्यों सच्चाई नहीं मिलती ये फरेब की दुनिया है दोस्तों मिल जाते हैं मौत बेचने वाले पर ज़िंदगी देने वाली दवाई नहीं मिलती मिल जाते हैं मौत बेचने वाले पर ज़िंदगी देने वाली दवाई नहीं मिलती ज़िंदगी देने वाली दवाई है